आई साइट पर जाएंगे वहाँ आप लॉग कर लेंगे उसके बाद फ्रेंड्स आप माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। माई मास्टर लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा आप उस पर क्लिक करेंगे अभी फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ ये टू परसन की लिस्ट ऐड कर रखी है इसी तरह से आप उसमें ऐड करेंगे अगर कोई ऐड हुआ हुआ नहीं है तो भी आप जाएंगे एड पैसेंजर पर और एड पैसेंजर पर जाके आप कुछ इन्फॉमेसन ऐड करें मीन्स बाई डिफ़ॉल्ट नमल सेलेक्ट हुआ हुआ है तो हम यहाँ नॉर्मल में कुछ नेम दे देंगे इसी तरह से फिर डी ओ बी का ऑप्शन है डी ओ बी पे जाने के लिए आप ये इस तरह से आएगा जेंडर में सेलेक्ट कर लेंगे आप बर्थ प्रीफरेंस आपको कौन सी बर्थ प्रिफरेंस है मतलब कौन सी बर्थ चाहिए अगर वो अवेलेबल होगी तो वो मिल जाएगी वरना फिर कोई और से मिल जाएगी हमने ले लिया सपोज अपर कि हमें अपर चाहिए बाकी मील प्रिफरेंस ये नो फूड है का नहीं चाहिए कोई बात नहीं और आई कार्ड ये कोई मैंडेटरी नहीं है पैसेंजर के लिए यहाँ से आप एड पैसेंजर कर देंगे मैसेज आ गया कन्फर्मेशन पैसेंजर डिटेल एडेड सक्सेसफुली इसको आपने ओके okay किया यहाँ पे आपका ये पैसेंजर भी यहाँ ऐड हो गया इस तरह से फ्रेंड्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं